कोरोना संक्रमण के एक बार फिर फैलने की आशंका के बीच ढिंडौरी जिला चिकित्सालय में कोविड मॉकिन की गई कोविड को लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता और प्लांट की जानकारी ली गई वहीं इमरजेंसी के समय पेशेंट को दिए जाने वाले उपचार वेंटिलेटर और चिकित्सा की टीमों की तैयारियों का जायजा भी लिया गया ढिंडौरी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय राज ने बताया की जिला अस्पताल में शासन के निर्देशों के तहत ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार है कोविड की जांच सहित पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करने और इमरजेंसी में आईसीयू में सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई ढिनौरी में प्रथम और द्वितीय का आंकड़ा लगभग 6 लाख था वहीं तीसरा डोज महज 37 प्रतिशत यानी दो लाख तेईस हजार लोगों ने ली है अब जबकि सरकार की तरफ से कोरोना अलर्ट आया है तो लोग वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ले रहे हैं वर्तमान में जिले में मात्र एक डोज कोरोना की वैक्सीन शेष है डिमांड कर जनवरी 2023 तक लगभग 5000 डोज और प्राप्त होना बताया जा रहा है जिन्हें में फिलहाल एक भी पॉजिटिव केस नहीं है जो राहत की बात है आज निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में का आयोजन किया गया जिसमें हमने ऑक्सीजन मॉकड्रिल जो हमारा पीएसए प्लांट है और आईसीयू में जो पेशेंट हमारा आएगा उसको कैसे मैनेज करना है पूरे स्टाफ को इसके लिए हमने जानकारी दी और हमारे पास आई में 10 बेड हैं पी आई में 10 बेड हैं और अभी की स्थिति में हमारे पास 100 जो बिस्तर हैं वो ऑक्सीजन सहित सारे बेड हमारे तैयार हैं और हम लोग कोविड की तीसरी लहर के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो हैं वर्तमान okay. में अभी कोई कोविड का मरीज नहीं है टेस्टिंग अभी शासन के निर्देशानुसार जो पहले भोपाल से आते थे